हमने होमवर्क हो दिया था दिया कल था कल उम्मीद करते हैं तैयार हो गया पांचवें लेशन के पांच पांच क्वेश्चन पांच मिनट है तुम लोगों के पास सिर्फ सिर्फ पांच मिनट रिवाइज करो और अगर और कोई एक कोई भी क्वेश्चन ना बता पाया ना बता पाया तो तो चिंता ता, चिता चिता चिता, चिता, चिता समझे समझे सुरो जाओ सुर भूकंप अबे सीट हिल रही यार आ अबे सीट देखो यार हमको ना देखो सीट देखो हिल है। रही है अरे भूकंप नहीं आ रहा ये कांप रहे हैं अभी कांप का है रहे हो यार इतना कई कांप रहे हो पे हो क्या हो गया काम नहीं हो, क्या याद नहीं किया इंग्लिश की पोयम नहीं लिख के का में लाइका बनाने दिया गया था बनाया नहीं बनाया क्या? का हो हुआ भी? का कांप यार का हुआ? आवे यार, आवे यार। <laughs> का हुआ अबे कहा रो रहे हो अबे यार बताना नहीं इसी ऐसी <laughs> नहीं बताए बताओ क्या हो गया अबे यार पोटी लगी बड़ी तेज अरे जाओ यार कहो खड़े हो जाओ आ तो पॉटी लगी तो जाओ ना यही करोगे क्या अबे यार तुम कही तो यार अबे हम कहे हम कहे पागल हो गए पटक देगा हमको अबे यार तुम कही तो यार अरे यार पागल तो हो क्या पटक देगा तो कौन जिम्मेदार होगा तुमको लगी है कि हमको लगी है जिसको लगी है वो कहे जाके अरे यार भाई प्लीज अरे यार भाई भाँग, प्लीज भाँग, प्लीज यार तुम लोग मान नहीं रहे यार बहुत हम नहीं हो हमको कुछ नहीं समझना है हम यही करेंगे अब देख लेना अब यही करेंगे तुम लोग बहुत बनने वाला हम यही करेंगे अब क्या यार पागल बनती रा क्या हो रहा है वो खड़े हो जाओ तीनों तीनो। लर्न हो गया ना सुना कॉपी तक नहीं खुली है तुम्हारी सर इनके पोटी लगी है क्या सर इनके पार्टी लगी है तुमसे पूछा तुम बताओ सर इनके पार्टी लगी है पोटी पार्टी लगी है? सब जानते हैं हम पार्टी तो बस बहाना है असली मकसद तो बच के जाना एक आंसर सुना दो सुना दो और जाओ और जाओ बताओ वट इज कार्बन 14 डेटीन ये देखो ये हालत था वाह बताओ बोलो बोलो क्या हो गया क्या हो गया हो गया नहीं हो गई